ध्रुव के मुकाबले के बाद जितने भी मुकाबले हुए वो सभी काफी रोमांचक और खतरनाक थे इस मुकाम पर पहुंचने के बाद ध्रुव खुद भी सारे मुकाबले देखकर लड़ने वालों की तारीफ कर रहा था जाहिर सी बात है कि जो कोई उस पड़ाव पर आकर मुकाबले कर रहे थे वो पूरी रक्ष एकेडमी के सबसे ताकतवर स्टूडेंट्स थे इसलिए उन्हें लड़ते देख लोगों का मुकाबला पसंद करना लाजमी था इस दौरान ध्रुव ने देखा कि कैसे ब्रूना ने अपना मुकाबला जीत लिया था जिस लड़के से हुआ था वो ताकतवर रैंकिंग में नाइन नंबर पर था यही वजह थी कि ब्रुना को उसे हराने में काफी ज्यादा शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा और वो थोड़ी देर में मुकाबला जीत गया था ध्रुव को खास तक पहुंचने के बाद भी ध्रुव और बाकी दोनों की इज्जत में काफी फर्क था। यही वजह थी कि दोनों के मुकाबले के वक्त मैदान में बैठे हर शख्स की नजरे मंच पर ही गड़ने वाली थी और तो और साथ ही कान के पर्दे फाड़ देने वाला शोर भी मैदान में गूंजने लगा था सबसे पहले जिसका मुकाबला हुआ था वो था सिमाल इस बार सिमाल का मुकाबला रैंक से, से, से मुकाबला करने के लिए कितना मायूस था उसके बाद जो मुकाबला हुआ वो ध्रुव की उम्मीद के जैसा ही था इसलिए जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ तो शिमाल ने अपनी ताकत इस्तेमाल कर सामने वाले को कमजोर महसूस करने पर मजबूर कर दिया और हर बार जब सिमाल अपनी ताकत पर पंजों से हमला करता तो वो बिना किसी शक्तियों की बंदिश के होता वैसे तो उससे मुकाबला लड़ते, ने अपनी सारी ताकत लड़ने की कोशिश की मगर इसके बावजूद इस शुरू किया इस दौरान उसकी रफ्तार भी काफी तेज हो गई थी और जब सभी को शिमाल नजर आया तो वो सामने वाले की गर्दन अपने पंजों में दबोचा हुआ था इसके साथ ही उस लड़के ने तुरंत हार मान ली और वो खुद को और ज्यादा जख्मी होने से बचाने लगा वहीं मैदान में बैठे लोगों ने जब महज दस मिनट में यह मुकाबला खत्म होते हुए देखा तो वो सभी मजबूरी में अपना सर हिलाने लगे। सिमाल वाकई टॉप तीन में आने के काबिल था इसलिए ताकत के मामले में तकरीबन एक जैसा होने के बावजूद वो लड़का सिमाल के मुकाबलों के तजुर्बे की वजह से हार गया इस दौरान ध्रुव ने भी देखा की कैसे कुछ ही देर में शिमाल ने वो मुकाबला खत्म कर दिया ये देखकर वो भी खुद को आ भरने से नहीं रोक पाया दरअसल ध्रुव इस बात से परेशान था की मुकाबले का दूसरा राउंड भी खत्म होने वाला था लेकिन सिमाल ने अब तक अपनी पहाड़ तोड़ भाला तकनीक इस्तेमाल नहीं की थी अभी तक वो सिर्फ अपने सिमाल को देख तो ऐसा लगता है कि शक्तिमान बनने से सिर्फ आधा कदम दूर है इसलिए बाकी द्रोण रैंग योद्धाओं से बहुत ज्यादा ताकतवर है और मुझे लगता है कि शायद नौशीरा की शक्तियां भी इतनी होंगी इस पर ध्रुव ने अपना सरेते हुए उससे कहा ये दोनों ध्रुव तो ने इराक की तरफ देख कर हल्की हैरानी में सवाल किया एक बात बताओ अरा क्या तुम इन दोनों को हरा सकते हो यह सुनकर इराने एक पल रुक कर ध्रुव के सवाल के बदले सवाल किया तुम्हें क्या लगता है की मैं ऐसा कर सकती हूँ या नहीं इस पर ध्रुव देखने लगा कि सवाल पूछते वक्त ईरा के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई थी वह सवाल को सुनकर ध्रुव एक पल के लिए कहीं खो सा गया वो कितने वक्त से ईरा को जानता था और ताकत और काबिलियत के मामले में बावजूद वो खुद को ध्रुव से कमजोर बताती थी ताकि किसी को उसकी असली ताकत के बारे में पता न चल सके तभी ध्रुव ने धीरे से इरा के मुंह पर आते बाल उसके कान के पीछे करते हुए धीमी आवाज में कहा इरा मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शक्तियां बढ़ाने की काबिलियत वाकई लाजवाब है मुझे याद भी नहीं कि तुमने आखिरी बार कब अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल किया था वैसे तो तुमने जब भी किसी से मुकाबला किया है तो अपनी शक्तियों का एक हिस्सा इस्तेमाल किया है मगर इसके बावजूद मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हारी मौजूदा शक्तियाँ मुझसे बहुत ज्यादा हैं सच कहूँ तो तुमने मेरे रक्ष अकेडमी आने के बाद से जैसे अपनी शक्तियाँ और ज्यादा छुपानी शुरू कर दी हैं लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी शक्तियाँ कम होने की वजह से अपनी शक्तियाँ भी छुपा रखो बल्कि मुझे तो अच्छा लगेगा अगर मेरी राह अपनी असली ताकत दिखाएगी ऐसे में मुझे भी मज़ा आएगा तुम्हारा पीछा करने में वहीं जैसे ही रान ने ध्रुव की यह बात सुनी तो एक पल के लिए वो काफी हैरान हो गई लेकिन फिर ईरा मुस्कुराने लगी उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट किसी भी लड़के का दिल जीतने में कामयाब हो जाती और साथ ही उनकी सांसें भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती इतने मेरा धीरे से खड़ी हुई और उसने ध्रुव की तरफ देख सवाल किया तो ध्रुव क्या तुम सच में मेरी शक्तियां देखना चाहते हो इस वक्त उसके चेहरे पर हल्का गुरूर था मगर ये गुरू मोनिका या बाकीयों की तरह नहीं था बल्कि गुरूर तो असल में अपनी ताकत पर यकीन का था इरा की बात सुनकर और उसके चेहरे के हल्के गुरूर को देखकर एक पल के लिए ध्रुव भी है ही मन उसने आगे कहा मैं तुम्हें शक्तियां दिखाकर रहूंगी ध्रुव कम से कम तुम से बिछड़ने से पहले तो जरूर ऐसा करूंगी दूसरी तरफ जैसे ही सिमाल मंच से अपनी जगह पर पहुंचा तो आखिरकार ध्रुव को मौका मिला नौशेरा का मुकाबला देखने का ध्रुव दरअसल नौशेरा की ताकत देखने को बहुत बेताब था क्योंकि रैंकिंग्स के से नौशेरा से से भी ताकत दिखाई थी तिलसमी जानवर था यही वजह थी कि नौशेरा ज्यादा वक्त तक खुद को बचाने में लगा था लेकिन एक बात तो ध्रुव समझ गया था कितने ताकतवर स्नो गोरे का हमला झेलने के बाद भी नौशेरा सही सलामत था इसका मतलब वो वाकई बहुत ताकतवर था सिर्फ ध्रुव नहीं बल्कि नौशेरा को मंच पर बहुत से लोग बेताब होने लगे और नौशेरा सभी से मिलकर ही किसी को भी अच्छा लगने लगता था यहाँ तक कि खुद ध्रुव को भी समझ नहीं आया कि वो कब खुद को नौशेरा का दूध समझने लगा था इसलिए जैसे ही नौशेरा मंच पर आया तो मैदान में भीड़ का एक ऐसा शोर सुनाई दिया जो अभी तक किसी के आने पर नहीं सुनाई दिया था इस दौरान बहुत सी लड़कियों के चेहरे भी शर्म के मारे लाल दिखने लगे और वो लगातार की ध्रुव तो अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे लगातार नौशेरा को देखे जा रहा था जो मंच पर खड़े होकर हर दिशा में मुस्कुराते हुए देख रहा था नौशेरा के मंच पर आने के बहुत देर बाद उससे मुकाबला करने वाला वहां पहुंचा वो लड़का ताकतवर रैंकिंग थर्टीन रैंक पर था मगर उसके चेहरे पर भी सिमाल से मुकाबला करने वाले जैसी मायूसी दिख रही थी वैसे तो उसकी ताकत के हिसाब से उसके लिए टॉप 10 में जगह बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला था लेकिन बदकिस्मती से उसका मुकाबला अंदरूनी हिस्से के दूसरे सबसे ताकतवर स्टूडेंट से हो गया इसलिए वो अच्छी तरह समझ गया था कि टॉप टेन में जगह बनाने का उसका मौका अब उससे दूर हो गया था उस मुकाबले में शुरुआत से ही ज्यादा रोमांच नहीं था ध्रुव ने उम्मीद की थी कि कम से कम वो रैंक वाला स्टूडेंट नौशेरा के ताकत पर हमलों का पर्दाफाश करने में ध्रुव की मदद करेगा लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हुआ यहां तक कि जब उस लड़के ने अपनी सारी शक्तियां इस्तेमाल कर मुकाबला करना शुरू किया तब भी नौशेरा मामूली हमलों से ही उससे लड़ता रहा नौशेरा के मामूली हमले भी उसके सामने वाले को परेशान करने में कामयाब हो रहे थे चाहे वो लड़का कितनी भी कोशिश क्यों ना कर रहा हो उसके हमलों से नौशेरा आसानी से बच रहा था इस दौरान ध्रुव ने गौर से नौशेरा के शरीर को देखा जो बड़ी आसानी से सामने वाले के हमलों से बचने में कामयाब हो रहा था वो देख रहा था अजीब सील बना रहा था ध्रुव को मुकाबले पर गौर करते देख पुरुणा ने पीछे से हंसते हुए ध्रुव से कहा सिमाल के दो सबसे ताकतवर हथियार हैं उसका पंजा और उसका भाला लेकिन नौशेरा तो उससे भी ज्यादा रैंक का स्टूडेंट है इसका मतलब उसके हमले भी सिमाल से कमजोर तो नहीं होने चाहिए है ना क्या तुम जानते हो कि नौशीरा के ताकतवर क्या है ध्रुव ने कहा ध्रुव तो तो ने इस तरह का जवाब दिया वही जब ब्रुना ने देखा कि ध्रुव वो बात जानने में ज्यादा बेचैन नहीं हो रहा था तो ब्रुना चुपचाप आकर उसके पीछे की कुर्सी पर बैठ गया फिर ब्रुना ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा एक जिद्दी और दूसरा ताकतवर लेकिन ब्रुना की बात सुनकर जब ध्रुव को कुछ समझ नहीं आया तो उसने सवाल किया एक जिद्दी दूसरा ताकतवर मैं कुछ समझा नहीं ब्रुना ध्रुव के मुंह से वो बात सुनकर ब्रुना ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया नौशेरा एक बहुत ही रहस्यमयी और अजीब तकनीक इस्तेमाल करता है जिसका नाम है जिद्दी सांप जैसा हाथ ये वही तकनीक है जो तुम अपनी आंखों से देख रहे हो वो इस तकनीक का इस्तेमाल कर सामने वालों के हमलों को आसानी से नाकाम कर देता है इसलिए सामने वाला अगर नौशेरा से कमजोर हुआ तो नौशेरा उसके साथ बहुत देर तक खेलता रहेगा चाहे सामने वाले का हमला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो फिर जब सामने वाला थकने लगता है तब नौशेरा उसे अपने इशारों पर नचाने लगता है देखा जाए तो नौशेरा की जिद्दी हाथ तकनीक और सिमाल की कब्र तोड़ पंजा तकनीक काफ़ी अलग है अगर सिमाल की तकनीक को बहुत ताकतवर और ख़तरनाक कहा जाएगा तो नौशेरा की इस तकनीक को बहुत ही मामूली सी तकनीक जो शमाल की तकनीक से ज्यादा असरदार है मैंने खुद नौशेरा से कभी कभी मुकाबला किया है और मेरे हर ताकतवर हमले को नौशेरा इस तकनीक के इस्तेमाल से नाकाम कर देता है और तो और हमला इतना आसान है कि नौशेरा की ज्यादा शक्तियां तक इस्तेमाल नहीं होती ये सुनकर ध्रुव अपना हिलाने लगा और फिर वो मंच पर लड़ते नौशेरा को देखने लगा जो हर हमले को अपने जैसे हाथों से नाकाम कर रहा था। इसके अलावा ध्रुव देख रहा था कि हमले नाकाम करने के बाद वो जिद्दी हाथ अगले हमले से बचने की तैयारी करने लगते इतने में ध्रुव ने कुछ सोचकर धीमी आवाज में ब्रुना से पूछा और वो दूसरी ताकतवर तकनीक कौन सी है इस पर ब्रूना भी हल्की शर्म के साथ मुस्कुराने लगा सच कहूं तो उस तकनीक के बारे में मैं भी ज्यादा नहीं जानता लेकिन उसकी ताकतवर तकनीक सिमाल के भाले वाली तकनीक जैसी ही है ऐसे ना के बराबर ही लोग हैं जो नौशेरा कोई तकनीक का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर सकें। लेकिन मुझे लगता है शायद वो कोई बहुत ताकतवर तलवार वाली तकनीक होगी और मुझे सुनने में आया कि वो तकनीक कुछ ज्यादा ही ताकतवर है पिछली बार के मुकाबले में शिमाल तक इस तकनीक से हार गया था और अब तो मुझे लगता है कि नौशेरा की वो तकनीक वक्त के साथ साथ और ज्यादा ताकतवर हो गई होगी ब्रुना की बातें सुनकर ध्रुव ने आह भरते हुए कहा सच तो नजर ध्रुव की तरफ देखा और थोड़े अजीब अंदाज में ध्रुव से कहा इसमें इतना हैरान होने की बात कौन सी है अगर गिने चुने लोगों को अलग कर दे तो यह दोनों अंदरूनी हिस्से के सबसे पुराने स्टूडेंट में से एक है इतने साल अंदरूनी हिस्से में लोगों को किसी को शैतान मानना चाहिए तो वो तुम हो। बल्कि मुझे तो लगता है की अगर तुम्हें वक्त दिया जाए तो तुम उस, उस सालिमा तक को मुकाबले में पटक कर हरा दोगे अपने आखिरी लफ्ज कहते वक्त ब्रुना आसपास देखने लगा कि कहीं करिश्मा गलती से भी वहां न तो वो ब्रुना की हालत खराब कर देती तभी ध्रुव ने की बात सुनकर हंसते हुए कहा इस बारे में तो आप भूल ही जाओ ब्रुना भाई मुझे करिश्मा की जगह नहीं लेनी है अगर मैंने उसे नाराज कर दिया तो शायद मुझे मुक्का मार देगी इतने में ब्रुना ने अपने कंधे झटकाते हुए ध्रुव से आगे कहा मेरे ख्याल से तुम ये तो महसूस कर ही रहे होंगे कि सिमाल और नौशीरा तुमसे कितना घबरा रहे अगर वो इस बात को कह नहीं रहे हैं तो भी वो तुम्हारी उम्र और तुम्हारी ताकत से काफी हैरान हो गए हैं और ब्रूना की बात का जवाब देते हुए अध्रव ने धीमी आवाज में कहा फिक्र की बात नहीं है ब्रूना भाई मैं यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला हूँ देखा जाए तो अंदरूनी हिस्सा तो बस मेरे सफर में एक आराम करने की जगह है तो क्या अध्रुव अगले राउंड में जीत हासिल करने में कामयाब होगा का? या फिर उसका मुकाबला होने वाला है शिमाल और नौशीरा में से किसी एक के साथ आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योथ था देवन एन उन आर्ज के साथ